स्वार्थ के साथी अरे सब दुनिया के हुसैन के हुके मतलब स्वार्थ के साथी सब दुनिया के हुसैन के हुके मतलबबा के साथी बच दुनिया दा केहू से न ना के के मतलब बात के साथी बच दुनिया दा केहू से न ना के के मतलब बाखबाबा तो सब बाके बात दुखवा में के, ना के दुनिया ना के, के मतलब बा हजार हाँ बो हाँ तो तो तो बा माली हजार बात जड़ने को नबलौकबा पैसा साठी हजार बाजार साथे दुनिया बाथक साथिया मतलब बाथक साथ हजार बालानेबा घबरा हजार मुरझे तक तो को नलौक तबाह खिलने बाबरा हजार बाढ़े तके तो नलौकबा भरल बाग भरल बा माली हजार बाग भरल बा माली हजार बा पतझड़ में को नलौक साथी बस बस सुनिया ूते न केू के मतलब बास तो के साथ दुनिया केहूते न केू के मतलब बाप पैसा साथी हजार बा। लागल बा बार बासे के लाग बाजार बात आ, के साथ बस बजूनिया के भूत न के मतलब बार। के बात के दार थे बस बदूनी